तुम हमारा लाग बुरा सोचो हम तुम्हारा अच्छा ही सोचेंगे और अपनी हैसियत औकात का अंदाजा हमें भी है डाल लेंगे वादा है तुमसे परछाई देखकर कभी गुरू नहीं करेंगे